वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का कर स्वागत करता हूं आज मैं आपके सामने फिटर ट्रेड की एक फिर से डेमोस्ट्रेशन की क्लास लेकर के आया हुआ हूं जो कि डिवाइडर है अब मैं आपको डिवाइडर के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये डिवाइडर जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है इसकी मटेरियल्स क्या है इसके टाइप्स क्या हैं और यूजेज क्या है सबसे पहले डिवाइडर हमारा है मार्किंग टूल है जिसके द्वारा हम मार्क करते हैं और इसकी दो टांगें होती हैं जो आपको दिख रही हैं ये हमारा हाई कार्बन स्टील्स का बनाया जाता है और इसे हार्ड वेर टेम्पर कर दिया जाता है और और ये माइल्ड स्टील्स के भी बनाए जाते हैं जिनके पॉइंट्स को केस हार्डनिंग प्रोसेस से हार्ड कर दिया जाता है अब इसके बाद में हम देखेंगे कि डिवाइडर मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको बता दिया मटेरियल बता दिए ये हाई कार्बन स्टील तथा माइडी स्टील से भी बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील से जो बनाए जाते हैं उनके पॉइंट्स को हार्ड व टैंपर कर दिया जाता है और जो माइडी स्टील से बनाए जाते हैं उनके पॉइंट को केस हार्डनिंग प्रोसेस के, के द्वारा हार्ड कर दिया जाता है अब हम नेक्स्ट दिखेंगे साइज ये हमारे जो किस साइज में मिलते हैं ये हमारे हंड्रेड एम एम डेढ़ तथा दो सौ साइजों में उपलब्ध होते हैं अब हम देखेंगे कि इसका साइज कहां कहां से कहा तक लिया जाता है इसका साइज इस हम यह हमारी रिबिट हो गई ये हमारा स्प्रिंग हो गया और यह हमारे लेगस हो गए ये हमारे पॉइंट हो गए अब ये जो मैं डिवाइडर आपको दिखा रहा हूं स्प्रिंग अब मैं आगे देखूंगा टाइप हमारे दो टाइप्स के हैं एक पहला है हमारा स्प्रिंग टाइप स्प्रिंग टाइप डिवाइडर दूसरा है हमारा फर्म जॉइंट फर्म जॉइंट डिवाइडर देखिए स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर का क्या यू होता है और फर्म जॉइंट डिवाइडर का क्या है अभी हम यहाँ पे इस प्रकार के जो डिवाइडर होते हैं स्प्रिंग जॉइंट ये एक के द्वारा आपस में इनकी दोनों टाइगे जुड़ी होती हैं अब हम देखेंगे स्प्रिंग टाइप डिवाइडर का क्या यूज होता है ये किसी जॉब गोल जॉब का आर्ग खींचने के लिए इसका यूज किया जाता है तथा साइजिन साइज के लिए भी इसका यूज किया जाता है इसका साइज एक्यूरेट निकालने के लिए हम स्टील रूल का यूज करते हैं इन टांगों के द्वारा हम स्टील रूल से नाप ले लेते हैं इसके द्वारा ये फिक्स हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इसकी दोनों टाने बता दिया है इस, इसके ये जो स्ट्रिंग डिवाइडर है इसके द्वारा शुद्ध नाप ली जा सकती है अब हम आप करेंगे फर्स्ट ज्वाइंट डिवाइडर का क्या कार होता है इस प्रकार की डिवाइडर डिवाइडर से दोनों टाने एक की सहायता से धुड़ी होती हैं। केवल यह हाथ की सहायता से खोला या बंद किया जा सकता है लाइने बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रूल में सहायता से किसी जॉब की रेखाएं समानांतर दूरी पर या बराबर रेखाएं खींची जा सकती हैं अब हम देखेंगे प्रिकेशन सौधानिया सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिवाइडर तेज धार वाला हो जाए यह हमारा जो तेज धार वाला की ना हो, ना हो। इसके बाद में जॉइंट की ना ना अधिक अधिक कसी हुई हुई हो हो प्रयोग किया तो इसे अलग तो तो अलग करके ग्राइंड नहीं करना चाहिए दोनों पॉइंट को एक साथ में ग्राइंड करना चाहिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाच माय वीडियो